हरियाणा पुलिस ने सारे प्रदेश में नशाखोरी के खिलाफ सेमल्टेनियसली हर जिले में प्रातः पाँच बजे से छापेमारी की है जिसमें 442 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है ग्यारह जगहों पर छापे मारे गए हैं 3315 पुलिस के कर्मचारी इस सारी ऑपरेशन में लगे हैं 98 एट दर्ज की गई हैं अंडर एनडीपीएस एक्ट और 100 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है इसमें ओपियम जो सीज़ हुई है 3.515 पॉइंट फाइव स्मैक जो पकड़ी गई है 20.034 पॉइंट ज़ीरो ग्राम्स हरोइन जो पकड़ी गई है 117.85 सौ ग्राम्स पोपी हस्क जो पकड़ी गई है 13.911 पॉइंट और इंजेक्शन गांजा गांजा जो पकड़ा गया है 35.590 किलोग्राम और इंजेक्शंस जो पकड़े गए हैं वो बीस पकड़े गए हैं अभी कुछ जिलों की रिपोर्ट आनी बाकी है बहुत बड़ा ऑपरेशन आज चलाया गया इसका हमने पीछे हमारी सारे डिपार्टमेंट की मीटिंग हुई थी नारकोटिक्स के ऊपर उसमें हमने प्लान कर लिया था और किस दिन करनी है ये मुझे राइट दिया गया था तो कल शाम को मैंने कहा कि 14 तारीख को सुबह 5 बजे से ये सारे प्रदेश में रेड किए जाएं और ये हमारा अभियान ये लगातार जारी रहेगा हम हरियाणा से नशाखोरी को पूरी तरह से उखाड़ कर फेंक देंगे इसके लिए हमने सारी प्लान बना ली है दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप जो हमने किया है इसके आगे चल के हम और भी सखत कदम उठाने जा रहे हैं